इस दुनिया में खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है सेलिब्रेशन जी हाँ कई बार हम अपनी लाइफ को इतना ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं कि हम लाइफ के अंदर छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट ही नहीं करते और यह सोच के सेलिब्रेट नहीं करते हैं कि यार ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट थोड़ी है। याद रखना जो चीज आपके लिए छोटी हो सकती है तो आप अपनी है आप खुश रह सकते और अगर हम ऐसा नहीं करते ना तो धीरे धीरे हमारी लाइफ के अंदर हमें सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखाई देती है और हमें लगता है इस दुनिया में सबसे खराब जिंदगी किसी की है तो मेरी है और शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता भी होगा नहीं आपने अपनी लाइफ के अभी तक नेगेटिव पहलुओं को ही फोकस किया है जिस दिन से आप अपनी लाइफ के पॉजिटिव पहलुओं को फोकस करना शुरू कर देंगे आपकी जिंदगी इस दुनिया के सबसे बेहतरीन लोगों में से काउंट हो यस, yes, आपको लगेगा मेरी जिंदगी इस दुनिया के सबसे अच्छे लोगों में से। और उसका तरीका है कि छोटा-छोटा सेलिब्रेशन -छोटा अगर आपने छोटी भी चीज कोई चीज हासिल की है सेलिब्रेट कीजिए इसको कहते हैं खुद को रिवॉर्ड देना हम पूरी दुनिया के लिए बहुत कुछ कर देते हैं हम पूरी दुनिया के लिए हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ करते हैं उनको खुश रखने के लिए लेकिन हम अपने आप को रिवॉर्ड नहीं करते अपने आप को कुछ ऐसा प्राइज नहीं देते हैं अपने आप को कुछ ऐसा गिफ्ट नहीं देते हैं जिससे हमें लगे कि ये मेरा अचीवमेंट था तो इसलिए बेहतरीन तरीका है कि अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए और अपनी छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करना शुरू कर दीजिए और जिस दिन से आपने ये करना शुरू कर दिया मैं हंड्रेड परसेंट कहता हूँ आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी और आपको लगेगा कि शायद मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है तो बस तरीका यही है कि सेलिब्रेशन कीजिए हम सेलिब्रेट करते हैं आप कब से शुरू करेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा थैंक यू